खानों में तुझको सजाया था दिल की गहराई में बसाया था सनम। खाना में तुझको सजा था सला दिल की गहराई में बसाया था सनम।